रीवा सांसद जनादन मिश्रा आए दिन अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं सांसद जनादन मिश्रा ने एक बार फिर बड़ा ही अटपटा बयान दिया है जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है उन्होंने कहा चाहे दारू पियो गुटखा खाओ आयोडिक्स खाओ सुलंघो जितनी फिजूल खर्ची करना हो करो लेकिन जीने के लिए जल कर देना ही पड़ेगा रीवा में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर आरोप जल संरक्षण और संवर्धन विषय आरोप कार्यशाला आयोजित की गयी इस दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने बड़ा ही अजीब बयान दिया इस मौके पर उन्होंने मादक पदार्थों के सेवन की छूट दे दी मिश्रा ने कहा कोई भी नशा करो लेकिन सभी खर्चों में कटौती करके जल कर जरूर देना चाहिए हमें पानी की उपयोगिता समझनी चाहिए सांसद ने यह भी कहा बिजली बिल माफ हो सकता है मुफ्त में राशन भी ले लो सरकारें चुनाव के समय बड़े बड़े वादे कर देती है अगर कोई मुफ्त में पानी की बात करे तो नहीं मानना जनार्दन यही पर नहीं रुके उन्होंने आगे कहा चाहे दारू पियो गुटखा खाओ आयोडिक्स खाओ और चाहे थिनर सूंघो, लेकिन पानी के लिए टैक्स देना पड़ेगा सभी खर्चों में कटौती करके सभी को जल कर देना चाहिए जब धरती के अंदर पानी डाल नहीं रहे पानी का उपयोग ज्यादा हो रहा है तो पानी रही न प्रगलिंग पानी का राखे कहा बचाव पानी पानी वह वह समय बची जब अपना पैसा लगाओ तब जब लागी लागू पैसा लागी या नहीं बचत करे और अपना चाह जहां जून खर्ची करी हम आपत्ति नहीं है अपना चाह है गुटखा खाई चाहे दारू पी चाहे खिलर सूगी चाहे चाह आयोडक्स खाई चाहे करे हो तऊं करी मिश्रा ने कहा कोई सरकार कहे कि पानी के टैक्स माफ करेंगे लेकिन हमको पानी का टैक्स देना चाहिए क्योंकि जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है ऐसे में पानी की उपयोगिता समझनी होगी नदी नाले सब सूख रहे हैं धरती में पानी नहीं बचा है वाटर लेवल घट रहा है हम लोग पानी की फिजूल खर्चे कर रहे हैं हर व्यक्ति को घर में साफ पीने का पानी मिले इसके लिए सरकार ने हर घर जल योजना बनाई है इसमें सहयोग जरूरी है जल समितियों का गठन कर वाटर टैक्स का भुगतान करना चाहिए तभी योजना सफल होगी हालांकि मिश्रा ने बातें गलत नहीं की लेकिन उदाहरण और तर्क देते समय वे चूक कर बैठते हैं सरकार का है की हम पानी के टैक्स माफ करेगी नहीं हम पानी के टैक्स है बाकी अब तो माफ करते हो माफ करते हो न कर इतना यह जरूरी काम है वो अगर केवल लापरवाही हुई तो भविष्य बहुत बुरा है हमें बताइए प्रोफेसर साहब भाषण में आए उन सब जानकारी दें अपना का कितना संकट है पानी के कितना नदी नाला सब तालाब सूख गए नहीं है पानी के नाम पर अजाऊ है तब हम ट्यूबवेल से निकला जाते धरती के पानी नहीं बचने लगा जैसे सौ फुट रहा है छह से सात से आठ से हर साल वाटर लेवल घट रहा वाटर लेवल घट रहा है घटे पानी की हम ज्यादा उपयोग करी थे आप देख रहे हैं कल न्यूज